गुरु दया करो महाराज रविदास का वाले रविदास कान वाले सतगुरु सतगुरुदेव काने वाले, वाले सतगुरु

गहरी ब डूबरा संसद नदिया गहरी सब डूहरा संसारी गुरु जित पहाड़ लगाने वाले हरिदास कहने वाले सत गुरु दया करो महाराज जय हरिदास वाले

गुरुदेव का देवा देव सत गुरु दया करो महारा जया देवा दे सतना को तुमने

पार उतारा सतना को कुमने उभारा मीरा को पार उतारा जियो को को सकने वाले दास गाने वाले सतो दया करो

गुरु दया करो महाराज दास का

मताऊ पाया सब झूठ भूत बताया विप्रोह ने मता उपाया सब झूठ भूत बताया गुरु जी तुम पाया मा मिटाने वाले का से दास वाले

वालेव सत गुरुदेव कहाव सत गुरु दया करो मारा माला विदास कहानी

पर आए तब नारियो नारी, और नारी के जल पैसी देवा रविदास कहानी वाले सत गुरु दया करो महाराज रविदास कहानी वाले रविदास कहने वाले सत गुरुदेव कहानी वाले सत गुरु दया करो महाराज

गुरु ज्ञान के सुखता च सुमारा तुमने का पहाड़ उतारा

सुखदास तुम्हारा तुमने को रुख पार उतारा कम दास जी को ज्ञान दार कहने वाले जी हरिदास कहने वाले दया करो हारा जय हरिदास

महादेवाले सतगुरु दया करो महाराज का

कर कैसे मिले खुदा फिर पैगंबर उलिया कोई ना कहे समझाए

अ uh -huh.

गाड़ी

तो रम करो भाई बोलो साधो साधु महाराज कहते हैं

कहा है बकरी पत्ते खावती उल्टी उतरे खाल और जो बकरी को खाती उनका कौन है तो इसीलिए महाराज ने हर उपदेश में अपने समझाया है कि हे भाई तू समझ ले अगर समझ गया तो जीत है नहीं तो हार है संसार धोखे में लुटा जा रहा है चेत क्या नहीं है जब तू चेत जाएगा तो समझ ले

तेरा कल्याण हो जाएगा सॉ सत्य नाम जाना नहीं

नव का तन सतगुरु के नाम बिना प्यारी बांधा एमपुर जाए

धोके धोके लूट गाया गैयान से घट अरे नर धोके धोके लूट गाया गैयान से घट

जमानी हो तुझे जमानी हो री माया समझी सुरगन सा निर्दी

कमाए वो तो जाते नहीं बताए जानी मैं जो पाप कमाए वो तो जाते नहीं बताए करोहत कर, कर,

अरे अरे अरे कौन कौन कौन क्या है

आया फिर आया रे बुढ़ापा जहरी कुण बे मजा ममता बेहरी आया रे बुढ़ापा जहरी

दे मैं ममता गहरी ओ तोता तोती जहरी रह रही है दिल में करूँ अखड़ी अरे अनार धोके धोके लुट जाया दैया अंग घड़ी अरे अनार धोके धोके लुट जाया

रा बाप रहना दादा कहवा बाप रहना दादा लोच कहे मत जा रही उम्र बहुत थोड़ी हरे नोके धोखे लुट जाया गया

देदो, देदो जाया गया जी हाँ पेश करते हैं महात्मा मोलदास जी स्वामी समंदा जी के शिष्य महाराज रविदास जी की महिमा की वाणी का समावेश पेश करते हैं

जिसमें सहयोग दे रहे हैं हारमोनियम पर श्री रामचंद बोध जी मई खुद सहानपुर जी जी और ढोलक वादक भाई रोशन लाल वाले जिन लोगों ने साइड में साथ दिया है निभाया है वो भाई महेंद्र दास वे वे जी वे मेघराज दास

हरिद्वार विमान चंद दास जी जंधेड़ा शाहपुर इस कैसेट में विशेष सहयोग जो दिया है वो जगत सिंह आश्रम समूह

जब तक नाता जगत का तब तक भगत न हो भगति करे कोई सूर मा जा कुल खोय कोई रहा नहीं पावे गुरु बिन कोई रहा नहीं पा

टका

I love you more.

tera do mistabarta

रविदास भगवान की रविदास भगवान की रविदास भगवान की सच गुरु समंदास महाराज की मनवातू कित का सरदार तिरियत है कहा है जो मन के पड़ोसी है जो विकार इसके साथ में लगे हुए हैं कहा रे मनवा तू कित का सरदार तू बादशाह बना बैठा है मगर अपने आ

तेरे जो पड़ोसी हैं वो सब बेकार हैं। उनमें एक भी सही नहीं है मनवातू तू कित का सरदार तिर ये जब तक घट में प्राण हैं, भज सतगुरु का नाम

मिट्टी का पुतला ना आवे किसी काम में कहा है मानु तेरे गुणबड़े मानु तेरे गुड़बड़े मास न आवे काज हार न आते ना तुमसा नंदा पिंड है संसार के अंदर जो तूने भलाई की तो भलाई मिलेगी और बुराई की तो बुराई मिलेगी

शरण गुरु तू आ जा बंदे शरण गुरु पितया भेड़ी रे तू आ आजा बंदे

जा बंद करण

स्वास्थ्य जा मानु सदना फेर नैया घर लखाव तेरे सर

ंदे तरण गुरु हो तरी पीतया घड़ी रे घड़ी तो आजा बंदे शरण गुरु

अरे भाई बंद योर कुटुम कबीला पकड़ेंगे ढीला भाई बंद योर कुटुम कबीला पकड़ेंगे जम सो जकार दंग ढिलाड़ी

बाजा सरने की। ओ तेरी तेरी ंदे शरणी पीतया मंदिर

आई रा जावे नाच के राह पे बढ़ता जावे सतगुरु बेड़ा पार लगा पाँचों की

आजा बंदे तो ओ तरी शरणी या घड़ी घड़ी तो आजा बंदे

आप बतावे अपना मन विसयो मैं लावे तारे ओ रोके तू पाप बतावे अपना मन विसयो मैं लावे ऐ कहरो विनाश से तरना चावे तो मर ले दे

बंदे शरण गुरु मृतया जा बंदे शरण गुरु सच आजा बंदे सुन गु